हेलो गाइस वेलकम टू माई यूट्यूब स्मोकिंग ऑफ कोड गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉड्यूल क्या होता है और क्या होता है तो गाइस सबसे पहले चलिए हम मॉड्यूल के बारे में देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है तो गाइस मॉड्यूल की कुछ ऐसी डिफिनीशन होती है चलिए इसे देख लेते हैं मॉड्यूल इज लाइक ए कोड लाइब्रेरी विच कैन बी यूज टू बोरोड रिटेन बाई सम बॉडी इज इन आवर पाइथन प्रोग्राम गाइज मॉड्यूल जो होता है ये किसी दूसरे के द्वारा पहले से लिखा गया हुआ कोड होता है जिसका प्रयोग हम अपने पाइथन प्रोग्राम में करते हैं गैज पाई हमें कुछ कार्यों के लिए बहुत सारा कोड न लिखना पड़े इसके लिए हम मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं गैज ये किसी दूसरे प्रोग्रामर के द्वारा पहले से लिखा हुआ कोड होता है जो कि हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही स्टोर होता है जिसको हमें अपने कोड में यूज करने के लिए हमें सिर्फ इंपोर्ट करके लाना होता है होता है गए चलिए हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूल के बारे में जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल गए जो मॉड्यूल होते हैं हमारे पाइथन में वो दो प्रकार के होते हैं फर्स्ट होता है इन मॉड्यूल और सेकेंड होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल गए सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूल्ट मॉड्यूल क्या होता है उसके बाद जानेंगे एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होता है गायज चलिए देखते हैं ब्यूल इन मॉड्यूल के बारे में दिस मॉड्यूल आर रेडी टू इंपोर्ट एंड यूज एंड शिप विथ द पाइथन इंटरप्रेटर गाइस इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ब्यूट इन मॉड्यूल होता है ये पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही प्रेजेंट होता है जिसको हमें इंपोर्ट करने के लिए कहीं बाहर से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है लेकिन गैज जो हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है Like मतलब अपनेट करने से पहले सबसे पहले हमें उसको किसी थर्ड पार्टी या उसको हमें इंटरनेट से इंस्टॉल करना पड़ता है गैज हम एक्सटर्नल मॉड्यूल को पिप की मदद से या कोंडा की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं तो गाइस हम चलिए जानते हैं कि पिप क्या होता है गाइस चलिए देखते हैं पिप के बारे में इट कैन बी यूज एज ए पैकेज मैनेजर पिप टू इंस्टॉल ए पाइथन मॉड्यूल गाइस पिप का जो सिंटेक्स होता है पिप इंस्टॉल पाइगेम पाइगेम गाइस एक पाइथन का एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है तो गैज पिप का मतलब यही होता है कि पिप एक हमारा पैकेज मैनेजर की तरह कार्य करता है जो हमारे जो हमारे पाइथन के एक्सटर्नल मॉड्यूल को लाने का कार्य करता है गैस पिप का सिंपल काम यही होता है कि जो हम पिप हमारे, हमारे पाए जो भी हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं पिप की सहायता से इंस्टॉल होते हैं मतलब ये हमारे मॉड्यूल को लाने का काम करता है गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू